तो हेलो भाई लोग घंटर गेमिंग यूट्यूब चैनल तुम सभी का बहुत बहुत बोल कम सोचे आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और काफ़ी सारे बंदों का ये डिमांड था कि भाई कैसे फ्री फायर मैक्स जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है और फिर कैसे ये खेला जा सकता है क्योंकि कुछ बंदों का जब मतलब डाउनलोड हो चुका था बट जब खेलने जा रहे थे लॉग सेक्शन पर तो गेस्ट अकाउंट करते थे तो वहाँ पे टेस्ट दिखाता था या फिर फेसबुक अकाउंट पर लॉग करते थे वहाँ पर दिखाता एक्टिवेशन कोड ई मांगता था और कुछ कुछ गूगल अकाउंट करता था तो वहाँ पर भी टेस्ट दिखाता था तो इन सभी चीज़ों का सलूशन लेके तुम्हारा भाई आ चुका है तो ये वीडियो तो शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो अगर अच्छा लगे वीडियो को कमेंट देना ठीक है और हाँ चैनल पर जो भी नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत मदद करेगा तो वीडियो शुरू होते हैं सर पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किया गया है फ्री फायर मैक्स पे क्या क्या नए अपडेट से क्या गन साउंड्स क्या इफेक्ट्स ऐड किए गए तो यहाँ पे सही से साउंड सुनो यार समझ रहूं? देखो सुनो मस्त वाला साउंड है तो देखना स्केटबोर्ड का एक एनिमेशन ऐड किया गया है कि जब तुम उतरोगे तो जब पैराशूट ऑन करोगे तब तो स्केटबोर्ड जो है वो देखो ऊपर देखो ऊपर चला रहा है लेकिन मेरा डाउट है कि वो आखिर तक जाएगा कहा ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा कमेंट पर बता देना तो अब थोड़ा गन साउंडस को ले थोड़ा वो करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले हमको गन मिल चुका है ऑग मिल चुका है हमको तो पहले थोड़ा सा लूट लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या है होता है एक के मिल चुका है अब थोड़ा साउंड दिखा देते हैं ठीक है देख तो फिर ये देखो आप तो थोड़ा गोली चला देखो ये ऑफ तो कर ज़्यादातर गन का ही जो साउंड है वो मतलब चेंज किया गया भाई ठीक है तो काफ़ी चेंजेस है यहाँ पे तो आई होप ये तुम लोग को गए रेड डॉट भी चेंज किया गया यार पास से एकदम लाल लाल कलर का एक इफेक्ट दिया है तो सब मिला के अच्छा ही है बुरा नहीं है अच्छा लग रहा है तो अब बात करते एम पुरेवन की एम का यार मतलब ये सब रियल रियल टाइप का कर दिया है, बट मुझे लगता है कि पहले ही ज्यादा नहीं है और जो स्नाइपर है ना मैंने तो स्नाइपर का रिलोड अभी तक नहीं हटाया और स्नाइपर का भाई घातक बना है। है। बना दिदर दिदर। तो यहाँ से शायद कोई अपडेट अपना फ्री फायर के लिए आ सकता है या फिर ये जो फ्री फायर मैक्स इंडिया का भी लॉन्च कर सकता है तो यहाँ से बंदे को पता नहीं करना चाहता तो के बाद हम कुछ और गन का जो साउंड है वो देखेंगे उससे पहले मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ ये जो फ्लैश वैग है इसका साउंड भी यार भयंकर वाला है मेरे को तो मैं तो डर डर गया था हुआ है मेरे पास तो वीडियो देखो बादन देख तो तो तो पर था देखा नहीं सुना साउंड कैसा लगे कमेंट पर ज़रूर बता देना ठीक है तो पे थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते एक्सपीरियंस नाइफ का साउंड तो अच्छा नहीं है तो इसका नाम मेरे को तो इसका साउंड भी बहुत बेहतर है तो यार ये जो चीज़ है ना मेरे को मतलब अजीब अजीब लगा कि ये है तो है क्या मतलब पिछले एक मैच पे इसको मतलब यहाँ पे जा रहा था कहाँ पर ये एंड है मतलब कहाँ पे ये शुरू है तो शायद ये पूरा मैप के ऊपर ही है जो भी हो मस्त लग रहा है बहुत एकदम मिस्टीरियस थिंग जो भी तो यहाँ पे मुझे और काफ़ी सारे गन्स मिल जाते हैं जैसे कि साउंड भी एम टू फोर नाइन साउंडोर नाइन जो है ना मतलब अच्छा क्या है देखो तो, क्या हम ये मैच कर पाएंगे कैसा लग रहा है बताओ कमेंट अच्छा तो लगा भी बहुत अच्छा लगा तो यह लास्ट लोंडा इसको मैं पीटूंगा तो देखते हैं तो तुम लोग अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे इसका डाउनलोड सेक्शन इंस्टॉलेशन कैसे क्या करना है सब कुछ दिया हुआ है तो क्या हम ये मैच भूया कर पाएंगे देखते हैं तुम लोग चाहते तो स्किप भी कर सकते हो ठीक है बस वीडियो छोड़ के मत जाना एंड तक देखना आ जा आ जा आ जा आ जा चलो डेढ़ हम अब इसको मारेंगे निकल जा भाई निकल जा, जा जल्दी आ जल्दी आ मेरा टाइम नहीं है पास में टाइम नहीं है हार जाना जल्दी निकल डेढ़ का दूंगा तुम तो मर जाए वो भाई तो हमारा भूया हो चुका है इस गेम पे जो तो अब क्या करना है डाउनलोड कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ एक लिंक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन पे हम पे ये मिल जाएगा तो उसको ओपन करने से ऐसा एक पेज आएगा वेब पेज आएगा जो कि मेरा ही है तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने से डाउनलोड एक बटन दिख जाएगा तो इस पर क्लिक करने से तुम लोगों का डाउनलोड पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं नहीं करा ठीक है तो डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों के पास एक ऐसा फाइल आएगा एक से के नाम का डाउनलोड सेक्शन पर फिर तो उसको अगर तुम लोग तुम्हारा फ़ोन प्रोसेस नहीं कर पाता तो उसके लिए भी मैं हूँ ना क्या है तो अगर ये प्रोसेस नहीं कर पाता तुम लोगों को एक ऐप इंस्टॉल करना है मतलब कोई भी आर होगा इंस्टॉल कर लेना है फिर डाउनलोड्स पे जाना ये फ्री फायर जो है एक्सएपी के सिंपल क्लिक करना है एक नॉर्मल क्लिक करना है फिर ऊपर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है तो जब इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल करने को बोलेगा तो मेरा यार पहले से इंस्टॉल मैं नहीं कर रहा ठीक है तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है हमारा एक वी तो आप कोई भी वी यूज़ कर सकते हो बस उसमें सिंगापुर या तो मलेशिया सफ़र होना चाहिए नॉर्मली तो हम हमको यहाँ पे क्या करना है सिंगापुर पे कनेक्ट करना है क्योंकि मैंने पहले सिंगापुर पे ही देखा अकाउंट अवेलेबल है तो अगर सिंगापुर फुल हो जाता है तो तुम लोग मलेशिया यूज़ कर सकते हो कोई बात नहीं जो ये समझ आ रहा होगा तो ये कनेक्ट हो चुका है तो अब क्या करना है तुम्हारा जो फ्री फायर है फ्री फायर को ओपन कर लेना ठीक है तो सिंपली फ्री फायर को ओपन कर लेना है तुम्हारा ओपन रहा है तो याद रखना यार तुम्हारा जो फ़ोन है फ़ोन में कोई गेस्ट अकाउंट नहीं होना चाहिए और अगर पहले से है तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं एक वीडियो दे दूँगा तो वहाँ से देख लेना कि जो गेस्ट अकाउंट है वो कैसे रिमूव करते हैं तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर देना ठीक है तो वहाँ पे मैं एकदम पूरा क्लियरली बता दूंगा आप फिर वहाँ पे मैं Instagram का आई दे दूंगा वहाँ पे जाकर मेरे साथ बात कर सकता तो कुछ भी बोलना जो भी हो कोई इशू हो तो हमारा जो है ये कनेक्ट हो चुका है सिंगापुर के सर्वर में तो शायद ये मेरा क्या बोलता हूँ का तो तुम लोगों को सिंगापुर करना है ठीक है तो मेरे ये शायद पहले से कोई और नहीं डूबी चलो कोई ना तो अब क्या करना है इसको बाइंड हुए गूगल कर लेना है तो मेरा फिलहाल फिलहाल तो कोई गूगल अकाउंट अवेलेबल है नहीं तो तुम लोगों को क्या करना है बाइंड विथ गूगल कर लेना है मेरे को कुछ नहीं पता बाइंड विथ गूगल कर लेना है किसी खाली अकाउंट पर ठीक है खाली अकाउंट पर करना है जिसमें कि कोई अकाउंट बाइंडेड नहीं है पहले तो आई होप कि यहां तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या करना।, तो क्या करना है तो इसके बाद क्या, क्या करना है फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लेना है फिर जिस अकाउंट पर तुम लोगों ने बाइंड किया था उस अकाउंट को गूगल में ठीक है जिस अकाउंट को बाइंड किया था उस अकाउंट को फ्री फायर मैक्स में ओपन कर लेना है मैं तो यहाँ पे थोड़ा बुलार कर रहा हूँ ना, ना बात तो यहाँ पे अकाउंट किधर गया किधर गया अकाउंट तो तो तो हाँ तो चलो चलो मिल गया तो अब इसको क्या करना है उस अकाउंट पे लॉगिन करना है जिस वाले पे तुम लोगों ने सिंगापुर सर्वर में कनेक्ट किया था गूगल के साथ बाइंड किया था जो भी हो तो अब तुम लोग फ्री फायर मैक्स खेल सकते हो ठीक है यार थैंक यू नहीं बोलोगे मुझे थैंक यू बोल देना ठीक है कमेंट में किसी ने मतलब ज़्यादातर बंदे देखना प्ले स्टोर का लिंक देंगे लेकिन कुछ कुछ बंदे ना जिनका लो एंड डिवाइस है जैसे कि मेरा है तो वहाँ पे होता है कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है या फिर दिखाता है कि ये डिवाइस इसके लिए सूटेबल नहीं है तो ऐसे तुम लोग इंस्टॉल डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैंने जो लिंक दें वहाँ पर जाके कर लेना एकदम मस्त तरीके से ठीक है तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दिया क्या नहीं <laughs> तो यार क्या कर रहे हो भाई इतना मेहनत करके तुम लोगों के लिए वीडियो बनाते तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते कितना बुरा लगता है बता यार तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे कैसे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज यार कर देना ठीक है तो सब हो गया हाँ कैसा लगा मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ वाह ये सुन के तो मुझे भी अच्छा लगा मतलब मजा आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया